ते राम से कहना तुम्हें सीता बुलाती है तुमने छोटे राम से कहना तुम्हें सीता बुलाती है बुलाती है तुम्हें सी ता बुलाती है तुम्हें ता बुलाती है तुम्हें सी ता बुलाती है तो मैंने राम से कहना तुम्हें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 एक चिन्ह के रूप में पहचान के रूप में अपनी चूड़ामनी दे रही हैं कह रही हैं ये चूड़ा चूड़ामनी देना राम से जाके यू कहना ये चूड़ा चूड़ामी देना राम से जा के यू कहना राम से जाके यू कहना ये शीतल चंदा भी हमको ये शीतल चंदा भी हमको धनी ना सुहाती है मैंने सुझे राम से कहना तुम्हें सीता बुलाती है विधना ने ऐसा लेख लिख विधि ने ऐसा ले लिखा दुख पाई जीवन में आके विधि ने ऐसा ले लिखा दुख पाई जीवन में आके विरहे के जाल में फंस करे विरहे के जाल में फंस करे यहाँ तने को जलाती है तुझे राम से कहना तुम्हें सीता बुलाती है कहे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 जो मेरी नैने झूठ ही जो मेरी राम की याद आती है तो मैंने तुझे राम से कहना तुम्हें सी ताबुलाती है है तुम्हें सीता बुलाती है तुम्हें सीता बुलाती है तुम्हें सीता बुलाती है तुम्हें सीता बुलाती है पवन तुम राम से कहना तुम्हें सीता बुलाती है मैंने सोचे राम से कहना तुम्हें सीता बुलाती है हमने सोते राम से कहना तुम्हें सीता बुलाती गुरुचरण सरोज रजा निज मुकुर सुधार वरना रघु पर विमल जस जो दायक फल चार बोधेन तनुान के सुमो पवन कुमार बलबुद्धि भी द्या दे हूँ मोही अरे हो कले से कर दौड़ चले वो हनुमान हमारे हरि कीर्तन में दौड़ चले आब हनुमा हमारे हरी कीर्तन में हमारे हरी कीर्तन में हमारे हरी कीर्तन में हमारे हरी कीर्तन में दौड़ चले आवो हनुमान हमारे हरी कीर्तन में दौड़ चले आवो हनुमान हमारे हरी कीर्तन तो में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 आप भी आना संग में भरत जी को लाना आप भी आना संग में भरत जी को लाना और संग लाना कोशी लामा हमारे हरी कीर्तन में दौड़ चले आव हनुमान हमारे हरी कीर्तन में आप भी आना सत रुधन को लाना आप भी आनासते रुधन को लाना संग में सुमित्रा सुमित्र माँ हमारे अरे कीर्तन में दौड़ चले आब हनु हमारे अरे कीर्तन में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 हमारे आरे कीर्तन में भरी सभा में नाचने ला महिमा सिंदूर का बखानन ला गया भरी सभा में नाचने ला महिमा सिंदूर का बखानन ला जा गले लगा लो मेरे राम बजंगी लाल लाल हो गया गले लगा लो मेरे राम बजंगी लाल लाल हो गया मैया मस्त लगाए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 मैंने किया है असनान बजंगी लाल लाल हो गया मैंने किया है असनान बजंगी लाल लाल हो गया गले लगा लो मेरे राम बजंगी लाल लाल हो गया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 का मानो यह सजरंगी लाले लाल हो गया गले लगा लो मुरे राम बजरंगी लाल लाल हो गया बड़ी चा में नाचन लाजा महिमा सिंदूर का समझा समझाम लगा गले लगा लो मेरे राम बजंगी लाले लाल हो गया गले लगा लो मेरे राम बजंजी लाले लाल हो गया अनुमत के भोले पन पर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 रहूँगा हरदम तुम्हे संग रहूँगा देता हूँ मैं जुबान बदरनी लाल लाल हो गया गले लगा का लो मरे बदरनी लाल लाल हो गया सिंदूर चढ़ाए उस पर कृपा करूंगा तो तुझ पे सिंदूर चढ़ाए उस पर कृपा करूंगा बनवारी सारे भक्तों का काम करूंगा बनवारी सारे भक्तों का काम करूंगा बाहर पकड़ के गले लगाया आंखों में आ तू दिल भर आया मिल तो भट्ट भगवान बजरंगी लाले लाल हो गया गल ला डालो मु बजरंगी लाले लाल हो गया भरी सभा में नाचन लाया महिमा सिंदूर का ला जा गले लगा लो मेरे राम बजन लाले लाल हो गया गले ला लालो मोरे बजरंगी लाले लाल हो गया बजंगी लाल लाल हो गया बजरंगी लाल लाल हो गया बजरंगी लाल लाल हो गया बजरंगी लाल लाल हो गया गले लगा लो मेरे राम बजरंगी लाल लाल हो गया गले लगा लो मेरे राम बजरंगी लाल लाल नहीं होंगे भगवान ने जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहा होगा जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहा होगा त्रिपोर समस्या का त्रिभोर समस्या का समाधान कहा होगा जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा विद्वान हुए लाखों और ज्ञान भी देते हैं विद्वान हुए लाखों और ज्ञान भी देते हैं हुए लाखों और ज्ञान भी देते हैं पर रामन जैसा कोई पर रामन जैसा कोई विद्वान कहा होगा जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहा होगा तप भी करते हैं वरदान भी पाते हैं जो तप भी करते हैं वरदान भी पाते हैं जो तप भी करते हैं वरदान भी पाते हैं पर पसमा चुर जैसा वरदान कहाँ होगा पर भसमा सुर जैसा वरदान कहा होगा जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहा होगा मेहमान भी आते हैं हमान भी होती है, है। मेहमान भी आते हैं मेहमान भी होती है मेहमान भी आते हैं मेहमान भी होती है भक्त सुदामा माता भक्त सुदामा माता मेहमान कहाँ होगा पर भक्त सुदामा का मेहमान कहा होगा जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा जब भक्त नहीं होंगे भक्ति भी मिलती है ती भी मिलती है भक्ति भी, भी मिलती है शीति भी मिलती है भक्ति भी मिलती है शक्ति भी मिलती है भक्ति भी मिलती है शक्ति भी मिलती है पर मान जयता बलवान कहा होगा पर हनुमान जैसा बलवान कहा होगा पर भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा दानी भी हुए लाखों और दान भी करते हैं दानी भी हुए लाखों और दान भी करते हैं दानी भी हुए लाखों और दान भी करते हैं पर कन्या दान जैसा पर कन्या दान जैसा कोई दान कहाँ होगा जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहा होगा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 तेरे घोर समस्या का समाधान कहाँ होगा जब भक्त नहीं होंगे भगवान ने कहा